नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल एस्ट्रो एस्टोबिदाशीज पे धनु राशि के जातकों आपका वर्षफल 2020, जी हाँ 2020 कैसा जाएगा राशिफल क्या कुछ कहता है क्या कुछ नया ले करके आया है इन सभी विषयों पर हम आपके प्रकाश डालने वाले हैं और आप अगर सोच रहे हैं क्या इस साल आपका बिजनेस ग्रो करेगा इसका भी आपको जवाब मिलेगा क्या बिछड़ा हुआ साथी आपको साल 2020 में मिलेगा इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे नए साल में कब करें एक नई शुरुआत इसके भी बारे में हम आपको प्रकाश डालेंगे किस्मत कब देगी आपका साथ और कब बिगड़ेंगे आपके हालात अंत तक बस आपको बने रहना है अक्सर दर्शकों हम लोग देखते हैं नया साल जैसे जैसे जो है नज़दीक आता है हमारी उम्मीदें अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्यों बढ़ती हैं क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बीते है। वर्ष में हम लोग जो है पूर्ण नहीं कर पाते हैं अधूरे रहते हैं उनके पूरे होने की उम्मीदें जो रिश्ते बिगड़ते हैं उनके पटरी पर लौट आने की उम्मीद जो दिल से बिछड़े हैं उनसे मिलने की उम्मीद करियर में जो कुछ छूट गया है उसके जो है हासिल करने की उम्मीद सफलता का नया आयाम छूने की उम्मीद कुल मिला करके हम या जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि दो कैसा होगा और इन्हीं सब के लिए हम आपके बीच धनु राशि के जातकों 2020 का वार्षिक राशिफल ले करके आए हैं और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल रहेगा ये मुख्यतः आठ बिंदुओं पर आधारित रहेगा ये आठ बिंदु कौन कौन से हैं तो आपकी साहब आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा कार्य क्षेत्र में क्या कुछ नया होगा एजुकेशन कैसी रहेगी शिक्षा कैसी रहेगी पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और अंत में इस साल को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम उपाय बताते हुए इस प्रोग्राम का हम समापन करेंगे तो चलिए दर्शकों वार्षिक जो है राशिफल 2020 के अनुसार जो धनु राशि के जातक रहेंगे इस वर्ष तमाम अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई पड़ेगी तथा करियर में भी आपको अच्छे रिजल्ट अच्छे परिणाम मिलेंगे ग्रहों की दशाएँ आपके लिए अनुकूल है इस वर्ष यात्रा करना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा खास करके विदेश की यात्राएँ दूर प्रदेश की यात्राएँ आपके लिए अतिशुभ रहेगी समाज सेवा में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और ऐसा करने से मानसिक रूप से आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो आपके लिए साल काफी अच्छा रहने वाला है। तो दर्शकों इस राशिफल के द्वारा अब हम चलते हैं विस्तार से और जो हमने वो आठ बिंदु बताए थे उन पर हम अब प्रकाश डालते हैं तो सबसे पहले हम बताते हैं कैरियर जी हाँ आप लोग विचार करते होंगे कि कैरियर के लिहाज से कैसा रहेगा तो धनुर अशिफल 2020 के अनुसार ये जो करियर की बात यदि हम करें तो आपके लिए करियर में काफ़ी कुछ ले करके आया है काफ़ी कुछ आपको जो है जो है दे करके ये साल जो है 2020 जाएगा कैरियर में आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी आप पीक पर पहुँचेंगे वहीं आपको प्रमोशन मिलेगा सैलरी में वृद्धि मिलेगी मान सम्मान हो गया नौकरी हो गया कोई नया बिजनेस हो गया एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो गया टीचर की नौकरी हो गई बहुत अच्छे राइटर जो है हो कोई बुक्स वगैरह यदि आपकी हैं तो पब्लिश होती हुई दिखाई पड़ रही है तो ये सब कुछ आपको दो में मिलेगा क्योंकि 2019 में आपने इतनी मेहनत की है तो फल तो उसका मिलेगा ही मिलेगा साथ ही दर्शकों आपको भाग्य का बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल रहेगा और महत्वपूर्ण साथ मिलेगा इन सभी में आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा रहेगी परिस्थितियाँ विपरीत होने पर आप आसानी से उसे चुटकियों में संभालते हुए नजर आएंगे यदि आप नई नौकरी खोज रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी मल्टी कंपनी में आपको जॉब करने का अवसर प्राप्त हो सकता है जो कोई यूपीएससी या यूपीपीएससी या कोई भी स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके रिजल्ट बहुत अच्छे जाएंगे कैरियर के सिलसिले में विदेश जाने के योग बन रहे हैं यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो उसमें भी आपका करियर काफ़ी गोल्डन रहेगा सुनहरा रहेगा विदेशी कंपनियों के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे आपको लाभ मिलने के संकेत जातकों को मिल रहे उच्च अधिकारी आपको समर्थन देंगे ऑफिस में प्रत्यक्ष रूप से आपके पीठ पर उनका जो है ब्रजस्त रहेगा तो कार्यक्षेत्र पर ऐसा कुछ ना करें कि जिससे आपके कार्य और चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगे बहुत अच्छा था आपका करियर आर्थिक आर्थिक जीवन की ओर चलते हैं कि आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा तो आर्थिक पक्ष पर आगे बढ़ने से पहले दर्शकों कुछ आपके आर्थिक फायदे के लिए चीज़ें बताने जा रहे हैं तमाम YouTube, Facebook पर जो है ज्योति लोग चल चले हैं जो कि ठग विद्या का प्रचार करते हैं ठग विद्या कैसी कि कोई जो है आपको शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक घर बैठे करवा देगा कोई नागपंचमी के दिन करवा देगा कोई क्या जो है कहेगा कि हम आपको दिवाली के दिन आपका भाग्य बदल देंगे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी कोई आपको कहेगा होली की होलिका की रात में हम आपका भाग्य बदल देंगे जितने त्यौहार उतने प्रकार से लोग आपको मूर्ख बनाते हैं और पैसा ईटते हैं सीधी सी बात देखिए दर्शकों पूजा पाठ होती है आप यहाँ बैठे हैं हजार दो किलोमीटर दूर बैठे कौन सा ज्योति आपका भाग्य बदलेगा कौन सी पूजा करा देगा क्या आप संकल्प में शामिल होते हैं जवाब आएगा नहीं कोई भी छोटी मोटी प्रसाद आपको भेज देंगे दस पाँच रुपए का और पैसा ईटेंगे जो है दस बीस पचास हज़ार रुपए तो ऐसे लोगों से दर्शकों देखिए आपको बचना रहेगा चिकनी चुपड़ी बातों में आप लोग मत फँसिए यदि पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको संभाल करके रखिए और यदि नहीं संभाल पाते हैं तो कोशिश कीजिए किसी गरीब की मदद करिए किसी बच्चे को गोद लीजिए उसको पढ़ाइए यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से आपको मानसिक सुकून रहेगा खैर पैसा आपका रुपया आपका खर्च करिए ना करिए ये आपके ऊपर है आर्थिक पक्ष की ओर बढ़ते हैं आर्थिक जीवन कैसा रहेगा तो इस वर्ष धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं इस वर्ष आपका आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत होगा इसके साथ ही आपकी निजी संपत्ति में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है हालांकि कुछ अप्रत्याशित खर्चों को लेकर आप थोड़े परेशान भी रह सकते हैं ऐसे पंडितों से बचिएगा यहाँ पर परंतु फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी मार्च के अंत से जून के अंत तक का समय धन संचय के लिए उत्तम रहेगा और इस दौरान आप बचत कर पाने में सफल होंगे दीर्घ अवधि से ज्यादा अल्प अवधि के लिए किया गया निवेश काफी फायदेमंद सिद्ध होता हुआ दिखाई पड़ रहा है घर परिवार में होने वाले समारोह में आपका धन खर्च होगा यदि पैतृक संपत्ति को लेकर के मामला कोई कोर्ट या कचहरी में है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा धन को उधार देते समय उस व्यक्ति या संस्थान के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से यदि आप जांच पड़ताल कर लेंगे तो पैसा आपका डूबेगा नहीं फंसेगा नहीं अन्यथा अगर आप नहीं करेंगे तो आपका पैसा फंस सकता है वर्ष का अंत भी आपके आर्थिक पक्ष के लिए अनुकूल रहेगा काफ़ी कुछ आपको पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है चलिए चलिए शिक्षा की ओर चलते हैं एजुकेशन के लिए चलते हैं तो धनु राशि के छात्रों के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम देगा जनवरी से मार्च तक का समय काफ़ी अच्छा रहेगा आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मुकाम प्राप्त कर पाएंगे और अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी आपका मन सहज रूप से शिक्षा के प्रति झुकाव महसूस करेगा हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हैं बीजा वगैरह आपको इजली मिल जाएगा अप्रैल से जून का जो समय रहेगा थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा इस समय आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर यदि रहता है तो ठीक रहेगा जो विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें नौकरी पाने के अच्छे सु प्राप्त होंगे और सितम्बर के मध्य तक प्रतियोगी परीक्षाओं में जबरदस्त सफलता आपको मिलेगी जिसके कारण आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा घर परिवार में आप जो है सभी के बड़े प्रिय होते हुए नजर आएंगे यदि आप किसी एसएससी हो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी हो रही है निश्चित यूपीएससी यूपीपीएससी बैंकिंग सेक्टर में आप सफल होंगे में में दर्शकों पारिवारिक जीवन की ओर बढ़ते हैं तो साल दो हजार बीस की शुरुआत में आपकी फैमिली लाइफ के लिए शानदार रहेगी कुल मिलाकर के धनुराशि यदि बारह राशियों में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा आप लोग जो है मजे में रहेंगे तो पारिवारिक जीवन के लिए घर में सुख शांति का माहौल आपका ठीक रहेगा फैमिली लाइफ के लिए शानदार समय परिजनों के बीच प्रेम और एकता का भाव देखने को मिलेगा घर में मांगलिक उत्सव होते हुए नजर आएंगे गुरु का गोचर आपके चुकी सेकेंड हाउस में होगा इसलिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी घर में धन सम्पत्ति का आगमन होगा समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपके माता पिता परिजनों का भी मान सम्मान बढ़ेगा घर में भाई बहनों और माता पिता का प्यार और आशीर्वाद आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है हालांकि काम के सिलसिले में एक बात आपको बता दें कि घर से थोड़ा सा दूर रहना पड़ सकता है ट्रांसफर इत्यादि हो सकता है तो आप घर से दूर हो सकते हैं परंतु घर की हर खुशी में शरीक होने के अवसर आपको जरूर मिलेंगे परिजनों के साथ आप किसी तीर्थ स्थल अथवा अन्य जगहों पर घूमने जा सकते हैं मई और जून माह में यदि छोटे मोटे पारिवारिक मतभेदों को यदि हम नजर जो है नज़रअंदाज कर दें तो ये साल आपके लिए काफी शानदार साबित रहेगा। वैवाहिक जीवन एवं संतान की ओर चलते हैं कैसा कुछ रहेगा वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष से तो इस वर्ष धनुराशि के जातकों का वैवाहिक जीवन मधुरतम रहेगा साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से दांपत्य जीवन में आपके काफी जो है अच्छा आ, आप जो है दांपत्य जीवन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा आपकी जो मैरिड लाइफ है निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ेगी हालांकि जीवन साथी की सेहत को लेकर के आप थोड़े से परेशान दिखाई दे सकते हैं उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा जनवरी से मार्च और उसके बाद जून तक का समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित रहेगा इस समय आप अपने वैवाहिक जीवन का सुख भोगेंगे जीवन साथी का प्रेम और उनका सहयोग आपको मिलेगा लेकिन दर्शकों यदि आपकी पार्टनर जॉब में है तो दूरी आती हुई दिखाई पड़ रही है वो अलग रहेंगे आप अलग रहेंगे वार्षिक राशिफल 2020 के अनुसार पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके संतान के लिए काफी अच्छी रहेगी संतान प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगी उनके कारण आपका नाम होगा यदि संतान विवाह योग्य है तो उसका विवाह होने की भी प्रबल संभावना बन रही है जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की चाह रख रहे हैं उन्हें गुरु के आशीर्वाद से मतलब देव गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं और बहुत हद तक की पुत्र प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं चलिए प्रेम संबंध कैसा रहेगा जो है धनु राशि के जातकों का तो धनु राशि के जातकों के इस वक्त प्रेम जीवन में सुकून मिलेगा प्रियतम के साथ कई अविश्वसनीय जो है ईश्वरणीय पलों को आपको जीने का जो है अवसर मिलेगा लव पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे उन्हें आप समझा सकते हैं किंतु इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि आपके प्रेम में अहम ना आने पाए ईगो ना आने पाए क्योंकि यह आपके रिश्ते को कमजोर कर सकता है रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए तो प्लीज आप लोग ऐसा कोई कार्य ना करिए कि कोई गाठ जो है आप लोगों के प्रेम में पड़े आपके रिश्ते को ये चीजें कमजोर कर सकती हैं तो अपने प्यार को महत्व दें अपने प्यार का सम्मान करें इस वक्त हो सकता है कि आपका कोई दोस्त आपके दिल को अच्छा लगने लगे यदि मेल फीमेल में दोस्ती है तो उसकी ओर आपका झुकाव हो सकता है और आप लोग जो है दूसरे को प्रपोज भी कर सकते हैं प्रेमी जो रहेंगे इस वक्त विवाह के बंधन में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बस आपको अपने जो है मतलब आ, क्या कहते हैं दिमाग पर अपनी इंद्रियों पर संयम रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं किसी भी प्रकार की मर्यादा की सीमा को ना लाँगे तो बेहतर रहेगा अन्यथा बहुत दोष आपको पड़ेगा अविवाहित जातकों के लिए प्रेम विवाह की सौगात मिल सकती है घर परिवार के लोग मानेंगे स्वास्थ्य की बात करते हैं हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है यदि हेल्थ है तभी वेल्थ रहेगा तो साल 2020 में आपकी सेहत सामान्य रहेगी वर्ष के अधिकांश समय में आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी हालांकि मौसम परिवर्तन होने के समय में होने वाले संक्रमण रोग से आपको बचना रहेगा खास करके आपको कोई घबराहट बेचैनी हो सकती है वायरल इन्फेक्शन हो सकता है लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है अचानक से आपका वेट बढ़ सकता है बीस नवम्बर तक का समय आपकी सेहत के लिए ठीक रहेगा लेकिन दर्शकों जनवरी और मार्च में आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी अच्छी सेहत से ना केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि आप के अंदर प्रोडक्टिविटी जो होती है इसमें इजाफा होगा सकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे योग करिए प्राणायाम करिए अच्छे भोजन आप करिए जंक फूडों से दूर रहिए तो दर्शकों ये तो था देखिए हमारा राशिफल अब बढ़ते हैं हमारा जो अंतिम पड़ाव आता है उपाय जी हाँ आठवां पॉइंट आता है और इसके बाद आपसे लेंगे विदा लेकिन उपाय पर आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं आपके शहर में आते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से भी करवाना चाहते हैं तो आप लोग टेलीफोन के माध्यम से भी करवा सकते हैं उपाय नंबर एक प्रातःकाल जितनी जल्दी हो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और उगते सुर को आपको अर्घ देना रहेगा उपाय नंबर दो केसर का सेवन आपको नित्य किसी न किसी रूप में जरूर करना रहेगा केसर का तिलक चंदन और केसर को संयुक्त रूप से मिक्स करके आपको तिलक आपको लगाना रहेगा उपाय नंबर तीन शुक्रवार वाले दिन दही और दूध से भगवान शिव को आपको अभिषेक करना रहेगा वर्ष में दो बार रुद्राभिषेक आपको करवाना रहेगा किस चीज से यदि लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं तो गन्ने के रस से करवाइए अथवा जल से कराइएगा उपाय नंबर चार डेली आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है आपका जीवन अच्छा चलेगा किसी की नजर ना लगे हनुमान जी की शरण में आप जाइए मंगलवार और शनिवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में आप बेसन से बनी हुई कोई मिठाई को बांटते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा एक प्रयोग हम आपको और बताने जा रहे हैं यदि मुकदमे में ज़्यादा परेशानी आ रही है तो एक नारियल लीजिएगा का, उसको काले कपड़े में बांधिएगा और शनिवार वाले दिन अपने ऊपर से सात बार क्लॉकवाइज करके जल प्रवाह कर दीजिए मुकदमे में आई हुई जो है अड़सन दूर हो जाएगी या यदि आप कोयला डालना चाहें तो कोयले का भी प्रवाह कर सकते हैं चावल का चीनी का और दूध का दान किसी स्त्री को आपको फ्राइडे के दिन शुक्रवार के दिन करना रहेगा आप जेमस्टोन धारण करिए लेकिन कोशिश कीजिए रत्नों को जो है रत्नों के चयन से पूर्व अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लें अन्यथा ये हानि भी कर सकते हैं जैसे मूंगा हो गया पुखराज हो गया माड़िक हो गया क्या पहनना है कौन सा रत्न आपको अच्छा सूट करेगा ये आपको ज्योतिषी ही बता पाएगा ये कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि नहीं बताते हैं तो इन सब चीज़ों को कर सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के आप अपनी जो है ए, क्या कहते हैं रत्नों का चयन भी जो है कर सकते हैं और एक चीज़ बताएं दर्शकों चींटी और मछलियों को यदि आप आटा खिलाते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि शनि की साढ़े साथी भी चल रही है तो दशरथ कृष्ण शनि स्त्रोत का पाठ नित्य आप लोग करें तो ठीक रहेगा और शनिवार वाले दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल से बना हुआ एक चौमुखी दीपक जला करके रखना रहेगा ये सब कुछ उपाय हैं और भी उपाय हो सकते हैं आपकी कुंडली देख के पता चलेगा तब बता पाएंगे धनु राशि के जात को दीजिए इजाजत लेकिन वर्ष के मंगलमय शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों को छोड़े जाते हैं और अंत में वही अपील करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना जो है बेलाइकन जरूर दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए हमारे इस पेज को जम शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए दीजिए इजाज़त नववर्ष की मंगलमय शुभकामनाओं के साथ नमस्कार